स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको और एक वीडियो भेजता लेकिन कोई किसी लोगों को शिकायत थी कि मेरी ये चैनल YouTube सर्च में नहीं आ रही तो YouTube में जाइए सर्च कीजिए इन्वेस्ट एंड शेयर उसके बाद जाइए फिल्टर में फिल्टर में जाने के बाद आपको टाइप में जाना है टाइप में जाने के बाद चैनल चैनल को अप्लाई कीजिए इसके बाद डायरेक्ट आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा जो इन्वेस्टमेंट शेयर लिखा है उसमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दिया जिससे आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड नए नए वीडियो डायरेक्ट नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे टीसीएस सी एस का आपने नाम सुना होगा और न्यूज भी सुना होगा लेकिन पूरा डिटेल क्या टी सी कितना मिल रहा है वो तो जाने पूरा वीडियो में मैं हूँ आपका दोस्त नाइन परसेंट है और आपने चैनल इन्वेस्टेंस शेयर में टी बायबैक के बारे में आपने सुना है क्योंकि टी ने ऐलान किया है कि जो छोटे शेयर होल्डर्स है छोटे इन्वेस्टर है जो दो लाख से कम रुपए वाले जिसके पास शेयर है उसको कई परसेंटेज बायबैक मिलेगा मतलब जो डबल शेयर मतलब छः है आठ है दस है किसी के पास सौ है उस परसेंटेज के हिसाब से बाईबैक आपको मिलेगा मतलब मैं आपको बताता हूँ दो लाख से कम राशि वाला आपके पास शेयर होना चाहिए टी कंपनी का टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अठारह हज़ार करोड़ का जो बाईबेक का शेयर घोषित किया है टी जो कंपनी का अभी शेयर मार्केट चल रहा है मंडे का लास्ट में देखो तो तीन हज़ार सात सौ चौवालीस रुपये पर चल रहा है और ये प्रीमियम जो है जो आगे चलकर पिस्तालीस तक जाने वाला है इसलिए अभी बाईबेक का ऑफर और चल रहा है इसमें आपको ट्वेंटी रिटर्न मिलने की संभावना है अब हम बात करते हैं छोटे इन्वेस्टर के बारे में छोटे इन्वेस्टर किसको बोलते हैं जिसके पास चुमालीस से कम शेयर हैं वो सब छोटे इन्वेस्टर हैं उसको ही बाईबैक मिलेगा ज़्यादा जिसके पास शेयर है वो अभी सेल कर डाले अभी फिलहाल 40 शेयर तक की आप पोर्टफोलियो में रखें जिससे आपको बाईबैक का पूरा बेनिफिट मिलता रहे अब हम बाईबैक कितना मिलेगा वो जानते हैं कि आई ने जो अभी फिलहाल न्यूज़ नया मिला है कि जिसके पास दो लाख से कम मतलब डेढ़ लाख रुपये का भी आपके पास TCS का शेयर है तो जोड़ोगे तो मार्केटेशन वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू दोनों मिला के मार्केट का शेयर टोटल जोड़ेंगे तो छब्बीस रुपये आपको बाईबैक मिलेंगे मतलब छब्बीस रुपये का शेयर आपको बाईबैक मिलेगा अब हम जोड़ेंगे तो 16 से 20 परसेंट का रिटर्न आपको मिल सकता है टी कंपनी में लेटर ऑफ ऑफर के अनुसार ये कंपनी ने अभी निर्धारित किया है और बाईबेक का जो ऑफर मिल रहा है वो अभी आपको दो वीक के पहले डिक्लेयर किया जाएगा अभी डिक्लेरेशन नहीं मिला लेकिन एक बार ये ऑफर आएगा जरूर अभी फिलहाल वेट कीजिए आपको मैंने बताया कि 44 शेयर फोर से कम शेयर वाले कोई ये बाईबेक का ऑफर मिलेगा इसलिए आपके पास टी का शेयर नहीं है तो अभी बाई कर लीजिए क्योंकि ये मुनाफा देने वाला शेयर है टी कंपनी आपने सुना ही होगा टी कंपनी का दो का भी लॉस दिखा दो हज़ार में भी जो लॉस मिला है वो भी एवरेज हो गया है अभी फिलहाल प्लस में चल रहा है आज की डेट की बात करें तो 3900 हजार रुपया के आसपास ये शेयर चल रहा है काफी हद तक आगे जाने वाला है 4500 रुपया तक होने वाला है बाईपेक ऑफर में आपके पास अभी 3800 का भी शेयर है तो भी चलेगा लेकिन मैंने आपको बोला 40 शेयर से कम होना चाहिए तो भी आपको बाईबेक ऑफर मिल सकता है टी कंपनी के द्वारा रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुशी की बात है अभी ऐसी कई कंपनियों के बाईबैक मिलने वाले हैं कि अभी टी सी एस का बाईबैक मिल रहा है उसमें कर लीजिए बाय जिससे आपको मुनाफा मुनाफा मिलता रहे क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है अगर आपको शेयर होल्ड भी करना पड़े तो भी आपको नुकसान ही होगी नहीं क्योंकि यह कंपनी बहुत अच्छी है टी कंपनी के बारे में आपको बोला सर हर तरह की आपको जानकारी दी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कमोडिटी रिलेटेड और ऐसे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी और आपको भी अलग अलग जानकारी शेयर के बारे में चाहिए तो मुझे WhatsApp या YouTube में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू